और दोस्तों आज मैं तुमको कागज़ से नाव बनाना सिखाता हूँ एक खाली पन्ना ले कर हम उसे इस तरह फोल्ड कर लेंगे ताकि यह बराबर के हिस्से में बट सके और ये बचे हुए एक्स्ट्रा कागज़ को हम इस तरह मोड़ करके और आराम से इसे यहाँ से फाड़ लेंगे ताकि इस एक्स्ट्रा कागज को अब हम इस तरह से पहाड़ दर अलग कर देंगे चलो इसे अब हमने अटा दिया अब हम कागज को इस तरह से पकड़ के आराम से चौकोर हो गया अब इसे हम बराबर खींचने से मोड़ लेंगे अब दोबारा बरोबर हम इस तरह इसको मोड़ लेंगे मोड़ने के बाद अब हमारे इस तरह से कागज़ तैयार है अब कागज़ को हम एक पड़त उधर से पकड़ के और आराम से इसे इस तरह से होल्ड कर लेंगे ताकि हमारा कागज़ दो हिस्सों में बट सके हमें अब इसी तरह से इधर की साइड से भी इसे होल्ड करना होगा बराबर करके जिससे कि इसे इसे इसे इसे कर सके। अब इसे बीच में से से इस तरह करके करके करके और कर मोड मोड चलो थोड़ा लेते हैं। मोड़ने के बाद अब हम बीच में से इसे इस तरह से देखो एक पड़क इधर से हटा लेंगे और कागज का एक हिस्सा इधर से उठा लेंगे अब इसे बीच में से पकड़ के और आराम से इसे थोड़ा ढंग से कर देते हैं अब अपने नाव तैयार हो चुकी है इसे थोड़ा अच्छी तरीके से कर लेंगे ताकि हमारी नाव थोड़ी बढ़िया ढंग से बन सके इस तरह से अब अब अपनी नाव तैयार है और अब इसे थोड़ा और अच्छी तरह से सही कर लेते हैं चलो इसे ढंग से सही कर लिया इसके कारनर वगैरह अब साइड से इसे सही कर लेंगे ताकि इसमें पानी नहीं भरे अब अपनी नाव बनकर तैयार अब हम इसे पानी में तैर सकते हैं चलो दोस्तों आपको हमारा चैनल अच्छा लगा वो वीडियो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना